हाय गाइस तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे मैं संदीप आप देख रहे हैं फैक्ट वर्ड जो बहुत ही दिलचस्प से तो बस दोस्तों शुरू करते हैं हमारे फैक्ट को तो दोस्तों फैक्ट नंबर वन को का मानना है कि डायनासोरों ने धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक राज किया है अगर हम कंपेयर करने जाए डायनोसोरों से तो इंसानों ने अब तक सिर्फ जीरो ही राज किया हुआ है तो दोस्तों इफ, कंपेयर बहुत बड़ा है फैक्ट नंबर टू डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से आया हुआ है जिसे टेरिबल भी भारत में डायनासोरों के अंध का, का कारण एक दस किलोमीटर दायरे वाला उल्का था जो आज के साढ़े छह करोड़ साल पहले मैक्सिको के पेनेसुला से टकराया और पृथ्वी पर लगभग तबाही मच गई सारा आकाश कई तो तो राक्ष रहा जिसकी वजह से लगभग सारे डायनासोर खत्म हो गए दोस्तों। दोस्तों आप सोच सकते कि 10 किलोमीटर वाला उल्टा कितना बड़ा होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते नंबर थ्री डायनासोरों के कंकाल दुनिया के हर महाद्वीपों पर पाए गए थे पर यह बात ध्यान रखने लायक है कि उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज के मुकाबले एक दूसरे से कम दूर थे नंबर की की दोस्तों जुरासिक एक कच्छो की से रिकॉर्डिंग की गई थी दोस्तों हाँ दोस्तों ये बहुत फनी है दोस्तों पर सच है। तो दोस्तों मध्य चीन में ओ चीन की बात आ गई तो आप जानती होगी की चीन तो हर चीज के बारे में माहिर है वो कुछ भी खा सकते देखो दोस्तों इसमें भी उन्होंने अगर डायनासोर से भी उन्होंने अपना बदला भी ले लिया दोस्तों मध्य चीन में कुछ किसान डायनासोरों की हड्डियों से दवाई तैयार करते थे क्योंकि उनको लगता था एक ड्रैगन की हड्डी है तो आप तो जानती हो चीन के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों एक मत नहीं है की कि डायनोसर कितने तो की का कि जीवन काल उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती थी लेकिन दोस्तों कोई कोई जो डायनासोर थे जो बड़े से थे दोस्तों जैसे हमने जोरासी पार्क में देखे दोस्तों जो बड़े से डायनोसोर होते हैं दोस्तों उनकी एज कम से कम दो साल तक जीती थी दोस्तों इमेजिन करिए दो साल एक इंसान से दो गुना दोस्तों। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के बोलीमिया में एक चूना पत्थर की चट्टान है दोस्तों जिस पर डायनासोर के पांच हजार से ज्यादा पेड़ों के निशान हैं यह लगभग छह करोड़ अस्सी लाख साल पुराने हैं दोस्तों एक फैक्ट बढ़ा दोस्तों दोस्तों आप, आपको कि जो कहते हैं कि 8000 साल पुराना है ए हड्डिया नौ छः साल पुरानी तो दोस्तों कैसे वो पता लगाते हैं दोस्तों अगर आपको पता होगा तो हमारे कमेंट करिए जिसको इस अंश का आंसर पता है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बस बढ़ते हैं अगले है दो दोस्तों फैक्ट नंबर डायनासोरों की प्रजातियां उड़ने में बहुत ही सक्षम थी दोस्तों को ऐसा लगता है कि डायनासोर लगभग 15 करोड़ साल पहले से उड़ना सीख गई हाँ हाँ दोस्तों इसमें बहुत से प्राणी जो थे जो उड़ना जल्दी सीख गए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही तो मिलते है अगले वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट लेके और दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके बाजू में आपको जो बेल दिख रहा होगा वो बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर देना जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों और दोस्तों मेरा पहला वीडियो था आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस फैक्ट्री वीडियो बनाऊ और मेरी क्या गलतियाँ थी तो मैं अपनी गलतियों को इंप्रूव कर लूंगा दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही तो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो पे तो टेक केयर दोस्तों